पंचायत चुनाव के बाद नोट के बदले वोट देने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा नेता चाचौड़ा की पूर्व विधायक एवं जिला पंचायत सदस्य ममता मीना अपना ढाई लाख रुपया वसूलने पहुंची हैं और कह रही हैं कि मेरा पैसा लोहे का पैसा है इतनी आसानी से पचा नहीं पाओगे वोट डालने लायक नहीं रहने दूंगी नीचे से पैर तोड़ दूंगी वोट डालने जा नहीं पाओगे पूर्व विधायक चांद चौड़ा एवं जिला पंचायत सदस्य ममता मीणा का एक वीडियो सामने आया है जो पंचायत चुनाव में नोट के बदले वोट देने के मामले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो में मीणा ग्रामीण से ढाई लाख रुपए लेकर भाजपा समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं देकर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को वोट देने के मामले में हंगामा कर रही है और कह रही है मेरे पैसे दे दो मैं पांच मिनट में घर से जा रही हूँ 50000 रुपए दिए तब भी जेब में रख कर ले आए उसके बाद 2 लाख फिर ले आए मेरा पैसा लोहे का पैसा है इतनी आसानी से पचा नहीं पाओगे वो डालने लायक नहीं रहने दूंगी नीचे से पैर तोड़ दूंगी वो डालने जा ही नहीं पाओगे धिक्कार है तुम लोगों पर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ जिंदगी भर का रिश्ता तोड़ने आई हुई पहले इस वीडियो को देखें और समझें पूरे किस्से को गनेरी घाई मतलब कह नंगा मिलो पीतर और बाहर रू कर भीतर गोबालो काम कर दो नंगा पीतर कहीं मिल गए एक जन, एक जन चिंदी कहीं मिल गई तब नजार लगा ले लगा लेगा तो तो तो गजे हो तो गए धिक्कार है साले पैसे पे कितना चाहिए रुपए आज बता दे तुम धिक्कार है साले बुलाओ है वो बेईमान कहीं का कितने चाहिए रुपये धिक्कार अभी टूट के जाऊंगे पैसा पर भी नहीं चाहिए घूमे पर उसको साले को मेरे को चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं करी वो तंबारों नहीं। कितना कुत्ते को बहुत बड़ी चीज होती है बड़ी चीज नहीं होती है कितने बात करने के बाद बदल गया है कर कर रहे रहे हो नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वीडियो तकरीबन एक महीने पुराना बताया जा रहा है इस संबंध में जब ममता मीणा ने स्वीकारा की वीडियो उन्हीं का है नीना का कहना है वो अपने उधार पैसे मांगने गई थी क्योंकि जिस व्यक्ति से उनसे पैसे लिए, वो लिएखी बांधती है उस व्यक्ति ने उनसे उधार पैसे लेकर जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा और वादा किया था कि आप पैसे दोगे तो वह भाजपा समर्थित तो उम्मीदवार को वोट देगा लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिसके बाद वह उन पैसों की वसूली करने आई थी चौचौा इलाके में ममता मीणा भाजपा की कद्दावर नेता हैं, उनके पति रिटायर्ड आईपीएस हैं 2018 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को टक्कर दी थी हालांकि वह चुनाव हार गई थी